मैं इस वैकेशन में मैं मेरे देश के नौजवानों को निमंत्रित करता हूं इसमें एक योजना है रेफरल की यानी अगर आप किसी को भीम ऐप के संबंध में समझाएंगे किसी मर्चेंट को समझाएंगे किसी नागरिक को समझाएंगे उसके मोबाइल पर भीम ऐप डाउनलोड करवाएंगे और आपकी प्रेरणा से वो तीन ट्रांजेक्शन करेगा कभी पचास रुपये की चीज खरीदेगा कभी तीस रुपये की खरीदेगा कभी सौ रुपये की खरीदेगा ये आपके द्वारा अगर हुआ है तो एक अगर आपने व्यक्ति को इसमें जोड़ा तो सरकार की तरफ से आपके खाते में दस रुपया जमा हो जाएगा अगर एक दिन में आप 20 लोगों को भी ये कर लें तो शाम को जेब में दो रुपया आपके खाते में आ जाएगा अगर वैकेशन के तीन महीना तय कर ले रोज दो रुपया कमाना है बताइए मेरे नौजवान साथियों ये कोई मुश्किल काम है क्या आपके लिए सामने से कोई लेना देना नहीं उसको सिर्फ सिखाना है समझाना है और जो व्यापारी अपने दुकान पर भीम ऐप को लागू करेगा कारोबार उससे शुरू करेगा तो उसको जो उसके मिनिमम जो रैंक होगा उतना करेगा तो उसको पच्चीस रुपए मिलेगा उसके खाते में पच्चीस रुपया जमा होगा यानी जिसको आप समझाना है उसको समझा सकते हैं कि देख मुझे तो दस मिल रहा है लेकिन तेरे को पच्चीस मिलने वाला है